खाना जाएना है चाइना है चाइना कई प्रकार के अंडे है कहिए कहने के जाती है सुहानी रात में बाबा जी की में के दरबार में कहिए क्या शादी हो संदीप फर्नीचर वाले भैया की तरफ से आ रहा था दुपैया एक ना खसकाओ एक मौके खसकाओ Это तो से भक्ति हम जा, ही जाए, तुरंत हो तुरंत हादुर भैया विजय भैया जो कि बीरगंज के रहने वाले हैं कैंट जिन भैया को खाना बनवाना हो हमारे भैया से जाके संपर्क करें बीरगंज में दस रुपया का पुरस्कार है मैडम जी कोई गाना सुनाए